उत्तम समबूंद उत्तम कर 2 1 2 8 उत्तमंगाबाद हरा मार हरा मार कपना बड़ा बल्ले सारो रिबा के बाद बॉल टू 3 2 केसरी पड़ी मुन्नु गुददे 3 2 ओडी स्टेर कर से तार निकले तो तलाश तीस समा समा बालकोरा मुरु मुरु समा प्लेटरी मई जुम्मी इन स्वु आ नाकू नाकू शो पहले कर शरत्गौड़ तो मिंच <alorg> एक आवाज़ दाने छोड़ रहे ये डाल पूरे एक आवाज़ दाला दबरास में मार्ग आवाज़ करके गौड़ा दे दे मारे मारे दूसरे मिंजिनन टॉप बाय आउट दे हितती ना एंगल मुड़ती ए उत्तम आदर डिफेंस मार मार मार सिक्स उत्तम प्रतिरोधरी बलिगोड़ गोड़ सो सुल मिं चिंता मिंच सेवन, आह, मचाओ, मचाओ, बड़े, बड़े, बहुत बड़े, ओए, हाँ, मचाओ, सेवन, मचाओ, सेवन, सेवन, नाइन सेवन, नाइन सेवन टाइम ऑफ <laughs> <laughs>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 बोलो है देर वडी बढयाता 9th 1 आ उत्तम वाला डिफेंस बढिया बढिया आडा आडा अबो अबो क्रिकेट को कौन मिले आडा आडा पाडा पा बढिया बढिया thirteen nine, balls, ten padding, केवल बोर है एक कदा, इन्हें डरता है 14 10 8 13 10, 15 10. sidha te len da baazar ko raha hai mar mar sa 17th 11 17 janmayata kaboorinda layncross हत्या <स्दित्व> <स्दित्व> Hey! Hey! <laughs> <Hey>! 20 पटिव <laughs> उनको <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> पंद्यवानीपुर प्रथम जैसे